गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों की हत्या पर एक भी ट्वीट नहीं किया कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है उन्होंने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान को कांग्रेस दूसरा कश्मीर बना रही है वहीं इस दौरान उन्होंने अवार्ड वापसी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग पर भी निशाना साधा गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कश्मीरी पंडितों की हत्या पर कांग्रेसियों का एक भी ट्वीट न करना यह साबित करता है कि वह आज भी तुष्टीकरण पर चल रहे हैं और यही नीति कांग्रेस को रसातल तक ले जाएगी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों के सारे कार्यक्रम एक दिन के ही होते हैं ये काम सिर्फ उसी दिन होते हैं जिस दिन कमलनाथ जी शामिल होते हैं उन्होंने कहा कांग्रेस अपने अंदाज में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है कश्मीर में गुलाम नबी आजाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान में विधायक मेघवाल आजादी की ओर बढ़ रहे हैं कश्मीर में पीड़ाजनक है ये हत्या लेकिन आप देखेंगे एक भी ट्वीट राहुल भैया का नहीं आया है ना माननी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी का आया है कोई कांग्रेसी का ट्वीट आएगा तो हत्या की निंदा का आएगा आतंकवादी पे नहीं आएगा कौन हत्या कर रहे हैं लगातार इस पे नहीं आएगा ये पीड़ा ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है रसातल में ले जाएगी कांग्रेस को रसातल कांग्रेस चौपाल आजादी का पचहत्तरवा वर्ष है सब लोगों ने मनाया कांग्रेस ने इस रूप में मनाया है उनके जो गुलाम नबी आजाद दिए प्रचार मंत्री से इस्तीफा दे दिया हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया राजस्थान के जो मेघवाल जी हैं उनने इस्तीफा दे दिया है तो ये सब अब आजादी की ओर जा रहे हैं आजादी का वर्ष मना रहे हैं कांग्रेस में, में। नरोत्तम मिश्रा ने कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए है। हैं स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है अभी भी शोपुर से कोटा ओरछा से पृथ्वीपुर विदिशा से अशोकनगर ललितपुर ऐसी चंदेरी रायसेन से, से सांची मार्ग बंद है मिश्रा ने अभिनेता अर्जुन कपूर की हरकत को खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने जैसा बताया है उन्होंने कहा राजस्थान की खान और धकेल रही है सभी जगह हमारी एच डी आर एफ की टीम हमारे लोग तैनात है पुलिस के जवान तैनात है इसके बावजूद भी मेरी सभी आमजन से प्रार्थना है कि इन मार्गों से अभी यात्रा ना करें ना ही कोई रिस्क लें लगातार मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण किए हुए हैं है। और स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है यह मॉब लिंचिंग अब नसरुद्दीन शाह को नहीं दिख रही होगी ये मॉब लिंचिंग अब आमिर खान को भी नहीं दिख रही होगी मुनबर राणा को भी नहीं दिख रही होगी ये मॉबलिंचिंग ना अवार्ड वापसी गैंग को दिख रही होगी ये मॉबलिंचिंग राजस्थान की क्योंकि तो इसमें हाथ की सरकार का हाथ होगा ना या तुष्टीकरण की नीति आ जाएगी कांग्रेस की पूरे के पूरे राजस्थान को कश्मीर की तरफ पर ढगलेकने का काम कर रही है कांग्रेस की सरकारों वहाँ